आपका अपना सहारा नाइन टूडे वॉइस न्यूज चैनल मुंडा पांडे सभागार में गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई, जिसमें पंद्रह गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हुई वीडियो श्रद्धा गुप्ता ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए साथ ही काम आरोप भी ध्यान दे रोटी के आटे में कम से कम एक चम्मच बेसन अवश्य मिला ले इससे खून की कमी नहीं होती है सीडीपीओ शकुंतला देवी ने कहा कि पोषण स्तर में सुधार के लिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देना चाहिए गर्भवती महिलाओं को खाने पीने पर सही से ध्यान रखना चाहिए ताजी था सब्जियों एवं फलों का सेवन करना चाहिए इस मौके आरोप डी प्रमोद कुमार एम पी कुमार प्रवेश सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद मुरादाबाद मुंडा पांडे से एम सरताज के साथ मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट महिला एवं द्वारा विकास खंडा पांडे के सभागार में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न किया गया जिसमें नजदीकी गांव से पंद्रह महिलाएं आई हुई थी जो कि अपने गर्भावस्था के प्रथम तीन माह के दौर से गुजर रही हैं इस दौरान उन्हें आ, गोद भराई करते हुए उन्हें अपने पोषण संबंधित अपने स्वास्थ्य संबंधित अपने होने वाले बच्चे की देख देख रेख और स्वास्थ्य संबंधित देखभाल हेतु तो जागरूक किया गया एवं संबंधित जानकारियां प्रदान की गई आज ब्लॉक में ये गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई है ये इस माह की गोद भराई दिवस था आज दिसंबर है और यहाँ पर पहली त्रे गर्भवती महिलाओं को दलपतपुर आंगनवाड़ी केंद्र और पीरपुर थान की आंगनवाड़ी केंद्रों को जाकर बुलाया और खंड विकास अधिकारी श्रद्धा मैडम द्वारा इनकी गोद भराई कराई गई साथ में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी डॉक्टर साहब आए हुए थे उनके द्वारा भी इनको जानकारी दी गई प्रसव के संबंध में और उनके द्वारा भी सहयोग किया गया गोद कार्यक्रम में कितनी महिला थी ये पंद्रह गर्भवती महिलाओं की गोद कराई the world.